चलिए हम लोग देख लेते हैं कि Google पे कैसे बनाएं। Google पे बनाने के लिए हमें Google पे ऐप्स की ज़रूरत पड़ेगी जो हम अपने प्ले स्टोर से जाएंगे और यहाँ सर्च करेंगे Google पे तो आपके सामने यहाँ खुल जाएगा Google पे आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं इंस्टॉल करने के बाद आप सिंपली यहाँ से ओपन करेंगे ओपन करने के बाद ये थोड़ा टाइम लेगा जिस आप नंबर से आपका जो भी नंबर से आपका बैंक आपका बैंक अकाउंट में लिंक है आप वही यहाँ नंबर डालेंगे अगर आप दूसरा नंबर डालते हैं तो आपका गूगल पे अकाउंट ओपन नहीं होगा आप वही नंबर डालें जो आपका बैंक अकाउंट में आपका नंबर लिंक है हमने वो नंबर डाल लिया है चलिए अब यहाँ से नेक्स्ट करेंगे नेक्स्ट करने के बाद आप यहां देख सकते हैं आपका जीमेल अकाउंट खुल कर आ जाएगा अगर आप दूसरे दूसरे जीमेल अकाउंट से आप बनाना चाहते हैं तो यहां क्लिक करेंगे यहां अदर जीमेल अकाउंट दिखाएगा दूसरा जीमेल अकाउंट दिखाएगा हमारे पास एक ही है अगर आपके पास कई सारे होंगे तो यहां नीचे दिखाएगा आप उसे एक चूज करेंगे फिर यहाँ से आप कंटिन्यू करेंगे कंटिन्यू करने के बाद आप का देख सकते हैं वेरीफाई और मोबाइल नंबर या वेरीफाई और नंबर वेरीफाई आपका नंबर हो रहा है यहाँ ओटीपी आएगा अपने आप फिल हो जाएगा अब आप यहाँ देख सकते हैं अगर आप स्क्रीन लॉक चाहते हैं कि जो आपका लॉक मतलब स्क्रीन लॉक है वही रहे तो आप इसी पे रहने देंगे अगर चाहते हैं आप अलग से पिन बनाना तो आप यहाँ क्लिक करेंगे चलिए हम यही रहने देते हैं अपने मोबाइल का ही यहाँ पर हम कंटिन्यू करेंगे कंटिन्यू करने के बाद सेट पिन कहेगा ये यह भी यहाँ देख सकते हैं पिन हम यही सेट कर लेते हैं फिर नेक्स्ट करेंगे आपका देख सकते हैं यहाँ हो चुका है अब हमारा ये गूगल पे बन चुका है लेकिन अभी हमें इसमें क्या करना है अपना बैंक अकाउंट लिंक करना है तो बैंक अकाउंट लिंक करने के लिए हम क्या करेंगे यहाँ ऊपर आएँगे ऊपर आने के बाद ये देख सकते हैं अकाउंट बैलेंस व्यू अकाउंट बैलेंस हम इस पर क्लिक करेंगे क्लिक करने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं एड बैंक अकाउंट हम इस पर क्लिक करेंगे आप यहाँ ऊपर सर्च करके जो आपका बैंक अकाउंट हो आप यहाँ देख सकते हैं उसे हम यूज करेंगे जो आपका बैंक अकाउंट हो और नहीं तो आप यहाँ इस्क्रॉल करके आप ढूँढ भी सकते हैं जो आपका बैंक अकाउंट हो आप यहां सर्च करके आप अपने बैंक अकाउंट को ओके कर लें या आप ऐसे ऊपर करके ढूंढ भी सकते हैं हमारा जो बैंक अकाउंट है हम उस पर क्लिक कर लेते हैं हमारा बैंक अकाउंट है पंजाब नेशनल बैंक हम यहां क्लिक कर लेते हैं क्लिक करने के बाद आपके सामने यहां दो ऑप्शन खुलेंगे कंटिन्यू विथ वन यू पी यस क्रिएट टू यू पी आई तो हम क्रिएट पर क्लिक कर लेंगे उसके बाद से हम यहाँ परमिशन्स को अलाउ करेंगे अब जो भी आपका सिम होगा आप यहाँ चूज कर लेंगे सिम जैसे कि वही सिम आप चूज करें जो आपके बैंक अकाउंट में लिंक है हमारे ये वाला पहला वाला लिंक है तो हम इसे क्लिक कर लेते हैं फिर कंटिन्यू करेंगे फिर अलाउ अलाउ करने के बाद ये आपके पास देखिए आप वेरीफाई और मोबाइल नंबर हो रहा है आपका वेरीफाई हो रहा है नंबर थोड़ा टाइम लगता है ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा वेरीफाई होने के बाद हम आगे बढ़ पाएंगे वैसे आगे नहीं बढ़ पाएंगे आप देख सकते हैं फाइंड फाइंडिंग बैंक अकाउंट मतलब आपका बैंक अकाउंट जो है वो फाइंड हो रहा है आप देख सकते हैं आपका यहाँ पर बैंक अकाउंट आ चुका है पंजाब नेशनल बैंक आपका जीमेल अकाउंट सब यहाँ आ जाएगा हम यहाँ इस्टार्ट पर क्लिक करेंगे इस्टार्ट पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं डेबिट कार्ड मतलब एटीएम आपके पास होना जरूरी है तो आप अपना एटीएम कार्ड ले लें अपने एटीएम कार्ड का छः अंक लास्ट वाला आप यहाँ डाल दें चलिए हम डाल लेते हैं अपने एटीएम का छः अंक लास्ट वाला आपको एटीएम कार्ड लगेगा एकदम जरूरी आपके पास अगर एटीएम कार्ड नहीं है तो आप आप गूगल पे नहीं बना सकते हैं और यहाँ एक्सपायरी और ये वैलिड ये लगता है आप देख सकते हैं हम ये डाल लेते हैं डालने के बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे या इस पर ओके करेंगे उसके बाद से क्रिएट पिन हम क्रिएट पिन पर क्लिक करेंगे हमें अब क्या करना है हम पिन बनाना है उसके बाद से आगे बढ़ेंगे आप देख सकते हैं थोड़ा टाइम लगेगा हमारे पास एक मैसेज आया है हम यहाँ वो मैसेज डालेंगे मैसेज यहाँ हम डाल लेते हैं मैसेज डालने के बाद ही हम आगे बढ़ पाएंगे चलिए ओ टी था ओ टी हमने डाल लिया है उसके बाद हमें एटीएम का चार अंक का पिन यहाँ पर डालना पड़ेगा आप पिन वो अगर एटीएम का नहीं डालते हैं तो आप ले कर ही बैठे पिन आप याद रखें कि आपका एटीएम का पिन क्या है बिना पिन के आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं चलिए हम अपना पिन डाल लेते हैं पिन डालने के बाद हम यहाँ ओके करेंगे ओके करने के बाद देख सकते हैं आप सेट सिक्स डिजिट यूपीआई पिन यूपीआई पिन हम यहाँ सेट करेंगे हम चलिए अपना यूपीआई पिन सेट कर लेते हैं फिर ओके okay. फिर एक बार और आप वही यूपीआई पिन यहाँ पर डालेंगे चलिए हमने डाल लिया है फिर ओके okay करेंगे एड बैंक उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में बेललाइकन को प्रेस कर लें आज के लिए बस इतना ही जय हिंद